हैवरी वन मैं महेन्द्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टेली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं नए साल पर मेरी पहली वीडियो है तो पहले सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं ये नया वर्ष आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए मेरी ईश्वर से यही कामना है की जो भी गोल आपने सेट कर रखा है या जिसके लिए आप डे बाई डे स्ट्रगल कर रहे हैं ईश्वर वो सारी चीजें आप लोगों को प्रदान करे यही ईश्वर से कामना करता हूँ मैं इस वीडियो में मैं नए साल पर अपने चैनल के बारे में एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह चैनल सभी लोगों के लिए है जो कंप्यूटर को जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास फीस पे करने में प्रॉब्लम है या किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के वो क्लास नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही यूजफुल है बिकॉज इस चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज प्राप्त होंगे इस पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं कुछ कोर्सेज कंप्लीट हैं, जैसे टैली का कोर्स कंप्लीट इस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा बेसिक में ट्रिपल सी वगैरह की क्लासेस में आपको प्रदान की गई हुई हैं, इसमें ओ लेवल से रिलेटेड या कोई भी आप कोई भी डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते है इस चैनल के माध्यम से वो आप प्राप्त कर सकते हैं मेरा यही प्रयास है की हर व्यक्ति को कम्प्यूटर का ज्ञान हो की कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट द कॉलेज ऑफ आई के तरफ से ये चैनल है जिसमें आपको कंप्यूटर की कंप्लीटली डीपली जानकारी आपको प्रदान की जाएगी और आप आसानी से कंप्यूटर में साक्षर हो सकते हैं कंप्यूटर का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं वो भी फ्री ऑफ कास्ट सो गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें जिससे उन लोगों को भी ये कंप्यूटर की फ्री क्लासेस प्राप्त हो सके कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें अभी मेरा बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज में प्रैक्टिकल क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को नए साल की बधाई देने के लिए था और अपने इस चैनल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना था सो गाइज ये चैनल आपके लिए अगर यूजफुल लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें वीडियोज अच्छी लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के पास इसे जरूर आपसे करें जिससे फ्री क्लासेस आपके फ्रेंड्स भी प्राप्त कर सके तो एक बार फिर से आप लोगों को नौ वर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत